डिंडोरी में जिला कलेक्टर द्वारा हेलो डिंडोरी जय जवान के नाम से एक नंबर जारी किया गया इस नंबर पर कॉल करने पर सीमा पर तैनात जवानों की घरेलू समस्या का समाधान किया जाएगा इस नंबर में कॉल करने वालों का कॉल रिकॉर्डिंग होगा और लगभग चार दिनों में इनकी समस्या का निदान किया जाएगा सेना के जवान देश की सीमा में सेवा कर रहे हैं इसलिए उन्हें घरेलू समस्याओं के समाधान करने का समय नहीं मिलता जिसे देखते हुए डिंडोरी कलेक्टर ने हेलो डिंडोरी जय जवान के नाम से सात आठ सात नौ आठ चार नौ आठ तीन शून्य नंबर जारी किया है जिस पर कॉल करने पर उनकी घरेलू समस्याओं का निराकरण किया जाएगा कॉल करने वालों का कॉल रिकॉर्ड होगा और लगभग चार दिनों में इनकी समस्या का निदान किया जाएगा ऐसे ही एक जवान छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में सेवाएं दे रहे हैं जिनकी समस्या का एक घंटे में ही निदान किया गया दरअसल उनका ड्राइविंग लाइसेंस बनने में जवान को समस्या हो रही थी जिसे एक घंटे के अंदर बनाया गया जबकि वह कई दिनों से लाइसेंस के लिए इधर उधर चक्कर काट रहे थे हेल्पलाइन पर कॉल करने के बाद जवान को कलेक्टरेट सभा घर में बुलाया गया और उनसे कलेक्टर विकास मिश्रा ने चर्चा की ये एक्चुअली एक सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म है जिसमें हमने उसका नाम रखा है हेलो इसका मतलब ये की जो भी हमारे आर्मी पर्सनल है चाहे वो सीमा पर, पर हो या वो किसी देश के अंदरूनी हिस्से में भी शासन के हित में आ, किसी भी आंदोलन में काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के लिए आर्मी की तरफ से पैरामिलिट्री फोर्स हैं उन सभी लोगों को हमने इस प्रकार में जोड़ा है जो हमारे ज़िले में अभी फिलहाल 174 लोग हैं और 32 लोग रिटायर्ड पर्सनल्स हैं इन लोगों को हमने ये नंबर दिया है जिसका नंबर है 7879849830 इस नंबर पे हम लोग अभी इस पूरी सर्विस को स्टार्ट कर देंगे और इसमें हम लोग उन्हीं दो सौ लोगों को मैप कर रहे हैं जिसमें इसके अलावा कोई बाहर का व्यक्ति मैप नहीं हो पाएगा और उसमें हम उस व्यक्ति को आईडी आइडेंटिफाई करने के बाद उनको जो भी शिकायतें या समस्याएं हो रही हैं हमसे उस पर उनके कॉल्स रिकॉर्ड होंगे और 96 आवर के अंदर अंदर यह हाइड लिमिट 96 आवर 24 घंटे में भी हो सकता है 96 आवर में हम उसको उनकी सर्विस का रिस्पांस करके वापस करेंगे और ये सिर्फ इस बात का एक आ, अपने आप में कमिटमेंट है कि गणतंत्र जो है जो सिर्फ केवल राशि ध्वज फहराने से नहीं आएगा गणतंत्र के लिए जो आम जनता है उसको लड़ना चाहिए कि आपका देश है मेरा प्रदेश है और पूरा सिस्टम मेरे लिए खड़ा है